लहसुन और काली मिर्च का पेस्ट डेढ़ चम्मच लाल मिर्च आधा चम्मच हल्दी एक चम्मच धनिया पाउडर तीन कटी हुई टमाटर तीन कटे हुए बड़े प्याज एक छोटी हरी मिर्च और एक छोटी सी अदरक अब हमने दो चम्मच तेल के अंदर प्याज और मिर्ची डाल दी है अब हमने तेल के अंदर प्याज और हरी मिर्ची डाल दी है अब इसे हम पांच मिनट तक पकाएंगे अब हम हमारी प्याज में डाल रहे हैं कलेजी और इसे भी हम 10 मिनट तक के पका लेंगे अब हमारी कलेजी पकना स्टार्ट हो चुकी है अब हम इसे थोड़ी पांच मिनट के लिए मीडियम आंच पे ढकने के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे पांच मिनट हो चुके हैं अब हम देखते हैं हमारी सब्जी कलेजी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है कलेजी देखो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी दिख रहा है तो हम इसे थोड़ी सी और पकाएंगे थोड़े हाई फ्लेम पर हमारी कलेजी अच्छे से फ्राई हो चुकी है देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और इसे अच्छे से मिला देंगे देखिए हमारी कलेजी अच्छे से फ्राई हो चुकी है और इसे भी हम पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे दो मिनट पकने के बाद फिर देखते हैं अब हम इसमें डालेंगे हमारे टमाटर ये अदरक लहसुन का पेस्ट धनिया हल्दी और मिर्ची हमने सभी मिल, सभी मसाले हमने हमारी सब्जी में डाल दिए हैं अब इसमें अच्छे से मिला देंगे इसमें एक चम्मच दो चम्मच दो चम्मच हम पानी मिलाएंगे और फिर इसे अच्छे से फिर से पकाएंगे लो फ्लेम पे इसे हम पांच मिनट और पकाएंगे पांच मिनट हो चुके हैं देखिए हमारी सब्जी में बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है अब हम इसमें मीठ मसाला डालेंगे स्वाद अनुसार आधा चम्मच नमक डालेंगे स्वाद अनुसार आप कम या ज्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हो फिर हम इसे अच्छे से मिलाएंगे देखिए हमारी सब, हमारी सब्जी ने बहुत ही अच्छा कलर छोड़ दिया है और तेल भी थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है तेल बहुत ही अच्छा है तेल अब ऊपर आने लगा है इसका मतलब हमारा मसाला पक के रेडी है अब हम इसमें डालेंगे खून हमने खून इसमें एड कर दिया है खून डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और इसे अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे अब तो हम हमारी सब्जी को फिर से पांच मिनट के लिए, पकने के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे हमारी सब्जी फिर से थोड़ा थोड़ा तेज छोड़ने लगी है बहुत ही अच्छा कलर अब इसका दिखने लगा है सब्जी को अच्छे से चलाएंगे हमारी सब्जी बहुत ही अच्छी पक रही है 5 मिनट हो चुके हैं हमारी सब्जी ने बहुत ही अच्छा कलर छोड़ दिया है और तेल भी ऊपर दिखने लगा है दो मिनट और इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे दो मिनट हो चुके हैं बहुत ही अच्छी खुशबू हमारी सब्जी से आ रही है बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। देखिए तेल भी अब इसके ऊपर दिखने लगा है बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है अब हम इसमें हमारी सब्जी में तेल अच्छे से आ चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है अब हम इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे एक इसमें पूरे दो गिलास पानी मिलाया है अब 10 मिनट तक इसे पकने के लिए लो फ्लेम पर हम ढककर छोड़ देंगे 10 मिनट हो चुके हैं अब हम देखिए हमारी सब्जी बहुत अच्छे से पक चुकी है कलर भी बहुत प्यारा आया है इसका देखिए अब हम इसे 10 मिनट और कम लो फ्लेम पे ढककर पकाएंगे धनिया डाल धनिया डाल गए अब हम इस पे हमारी सब्जी पक चुकी, अब हम इस पर थोड़ा धनिया डाल देंगे ऊपर से गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे देखिए अब हमारी सब्जी में तेल ऊपर आ चुका है बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल